भाई ये कौन आदमी है ये क्या खाता है क्या पीता है इसका इसका इसका एक्सरे कराओ कराओ कराओ कोई टच 108 आज नहीं तो दस पंद्रह मैच के बाद जितना मेरा यह गला बैठ जाता था के के लिए बोल बोल तीसरी आ गई नमस्कार दोस्तों कल की की श्रीलंका और इंडिया की मैच में कुमार यादव ने जिस तरह बल्लेबाजी करके गेंदों में 112 रन किया और उसी के बदौलत भारत ने दो रनों का काफी मुश्किल लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखा उससे कल के मैच देखने वालों का एकदम मजा ही आ गई इसी के साथ पाकिस्तानी काफी मतलब लगे कि कोई बंदा कैसे बैटिंग कैसे कर सकता है और इसीलिए तो तो अगले वीडियो में जय हिंद वो लोग गलत करते है वो लोग जलत करते हैं जो सूर्य कुमार के साथ टी ट्वेंटी क्रिकेट में किसी का भी नाम लाते हैं या मिलाने की कोशिश करते हैं अब भाई ये कैफियत है ये पागल है इसको बहन कर दो ये ये कैसे मान लेता है मैंने तो कुछ ऐसे शॉट देखे इसके मुंह पे बॉल लग रही है और इसने रिलेट के गिर के पीछे चक्का मार दिया उसके बाद आप देखो यार वो ठीक चाना की बॉल पे फंस गया इसने बॉडी से बल्ला यू निकाल के आगे फेंका वो भी चार हो गया मतलब भाई ये कौन आदमी है ये क्या खाता है क्या पीता है इसका एक्सरे कराओ इसका अल्ट्रासाउंड कराओ इसका कोई कराओ सबसे अलग है मतलब इट इज नॉट अबाउट मैं कोई नहीं करना चाहता लेकिन जो टॉप फाइव के अंदर बैटर्स है ये अलग ही लेवल की खेलता है बिल्कुल definitely, बिल्कुल एक तो अली जो रिस्ट जिस तरह वो यूज करते हैं जिस तरह वो फ्लिक मारते हैं मैं जिस तरह अभी बात कर रही थी बाउंड्रीज की एटी टू तो उनके बाउंड्रीज से आए हैं का एक का 108 जो है जो उसने फेंट फेंट के ऐसे फैटा जैसे दही को फेंटते हैं और जब पराठा बेलते हैं आटा गूंढते हैं इस तरह श्रीलंका का गूंटा यह रजीता जिसने दो, दो फलाना बनका किसी को नहीं छोड़ा इसने मार मार के मार मार के डुम्बा बनाया और इतना कुल मारा कि फिर पूछा भी और बड़ा कोई उकम छब्बीस पालों में पचास पैंतालीस पालों में सो अलग ये स वालों में सौ कर सकता था थोड़ा सा सौ का प्रेशर दूसरे यह बहुत खतरनाक है और शुभमन गिल की अगर फारिक फारीक बारी नहीं होती तो आज इस मैच में 250 पार कर जाता है इंडिया अबे भाई एबी डिविलियर को मैंने खेलते हुए देखा है ये कुछ अलग है। ये कुछ कुछ अलग अलग है है आदमी आज नहीं तो 10-15 मैच के बाद असल में आखिर में बहुत ही जबरदस्त किसम की जो है बल्लेबाजी की है सुपर ठुपर तमाल की बल्लेबाजी की है देखने वालों को मजा आ गया और पैसे बताओ भी नहीं आपको जी रिजवान है नंबर दो आपको फलाने आपका वो है मार्करा में फलाना है है भाई no one even near to. नहीं, नहीं, इस के बंद जो ये बैटिंग करता है उसका कोई आधा भी है तो आप मुझे बता दो नहीं एकदम पेशा रहता है वो इधर जाके ऐसे मार देता है वो इधर गिर के पीछे मार देता है वो ऐसे मार देता है वो ऐसे भी मार देता है कौन सा वो शॉर्ट है भुक फाड़ के फेंक दी उसने अनहोनियों की भी बुक फाड़ के फेंक दी सूर्या कुमार यादव ने और माजरत के साथ चाहे मेरे मुल्क का कोई खिलाड़ी हो या किसी और मुल्क का टी क्रिकेट में इसके साथ किसी का नाम मत लिया करो एक साथ हमारी बात हो रही कि यार अब रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग इससे लेके कौन जाएगा नीचे से ऊपर आया के लिए ये ठीक है पे ऐसा नाक बैठ गया कि अब जिसके, इसके करीब ले रैंकिंग का बाप क्या रहा है यार ऐसा लग रहा है कि रैंकिंग इसके सूर्य yeah. कुमार यादव अपना और फोर्टी फिफ्टी ट्वेंटी के अंदर टी ट्वेंटी है क्या है है है एफर्टलेस मारता है ये बताया। भाई। मतलब एफर्ट लगती नहीं मतलब इसके अंदर तो यादव ने तो स स्का ना, <laughs> तो अपने नाम की लाच रखते हैं लेकिन जिस तरह सवेरा कह रहा था रीजन नंबर वन टी ट्वेंटी बैटर फॉर दूसरों के मुकाबले क्योंकि अगर आप इसको बॉलिंग डाले तब भी आपको थर्डन पे लपाटेदार चक्का लग जाएगा आप पे चक्का हो, तो शॉट मतलब बॉलर्स आर प्रिट, गेट प्रीटी मच क्लूलेस क्योंकि को जिस दिन होता है जिस लेन किशन राहुल त्रिपाठी मजा आ गया देखो उस बच्चे ने पैंतीस छत्तीस जो लोग पावर प्ले में हमारे पचास क्यों नहीं आते आज आपको उसने दिए देखे ना आई वांट तू टीम और भाई भाई नहीं चारी ले रहा रहा चार चार दीपक को देखे, ओ भाई, अक्षर पटेल से सीखो सिंगल लेके दे चौके मार रहा मार रहा और मौका दे रहा पूरा -पूरा, है अक्षर को भाई, हुदा भाई आप हार्दिक पांड्या साहब आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे हार्दिक पांड्या साहब चार में चार एक तरफी लग रही है अच्छा। एक तरफ चार में चार है सुपर डुपर किस्म की जो है बैटिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ छक्कों में जो है सूर्य कुमार यादव डील कर रहे हैं एक एकोल कमाल किस्म की जो है सेंचुरी सूर्य कुमार यादव के बले से आई है क्या कमाल सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी मार दी है मजा आके भाई सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देख के ही यादव no no कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल आप सही कह रहे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जिस तरह सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं टी ट्वेंटी में अलग खेल रहा है उन्होंने किया था लेकिन इंडिया ने हो गया गया गया ना? और ये नहीं नहीं सोचा था कि सो पर लगा देगी. टोटली, टोटली, टोटली, सूर्या कुमार का जो आया छा मजा आ गया भाई. ने, ने, भाई ये जिस तरह से से आता है मैं उसकी बात कर रहा उन्होंने कहा था कि एक जगह सूर्य कुमार यादव को उन्होंने कहा था कि मुझसे अगर आप आपको तो मैं सूर्य कुमार यादव को दूंगा क्योंकि ये जिस तरह का लड़का है ये अलग ही है क्लासिक है तो तो चौको से ज्यादा उसने छक्के मारे हैं नौ छक्के सात चौके दो सौ उन्नीस प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेला है और एक रन से उसने कमाल किसम की खेली है एक बार फिर से दुनिया को बता दिया है सूर्य कुमार यादव थर्ड सेंचुरी टी की सूर्य यादव ने मारी खूबसूरत सेंचुरी जड़ी है ग्राउंड के चारों तरफ छक्के मारे हैं छक्के और श्रीलंका ने चाहे मधुशनाका हो चाहे कोरतने